नमस्कार फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर शेयर किया था और उसमें मैंने आपको कहा था कि हम हिंदी के बारे में कुछ मूलभूत जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे कई लोगों ने मेरे कमेंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स किए मैं उन सबका स्वागत करता हूँ पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का ज़्यादा करता हूँ क्योंकि नेगेटिव नहीं हो तो पॉजिटिव का फिर मज़ा नहीं आता मैं कमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो पोस्ट डाल डाली थी उसका जो टाइटल था उसका जो शीर्षक था वो बेसिकली थोड़ा सा कई लोगों को हजम नहीं हुआ और उस टाइटल ने लोगों का हजमा शायद ख़राब कर दिया इसलिए वो आलोचना कर रहे थे मैं उनकी आलोचना का स्वागत करता हूँ से सम्मान पर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ बात ये कि देखिए हिंदी जो है आप सब जानते हैं हम सब जानते हैं कि हिंदी जो है भारत में नहीं एक नया डेटा मैं आपको दे रहा हूँ जिसको अभी मेरी एक नई जो किताब जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से पब्लिश हुई है प्रकाशित हुई है राजस्थान का बोली भूगोल सर्वेक्षण के नाम से उसमें मैंने पूरे विश्व में हिंदी के बोले जाने वाले स्पीकरस का एक डेटा दिया है जो कि मैंने उस क्षेत्र में रिसर्च करने वाले एक डॉक्टर नोटियाल जी हैं उनको उसमें मैंने कोट किया वस्तुत है वस्तुतः अब तक ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई अगर भाषा बोली जाती है तो वो चीनी भाषा बोली जाती है और उस चीनी भाषा का जो नाम है वो है मंदारिन उस भाषा को बोलते हैं मंदार ये बेसिकली जो है वो चीनी भाषा की एक सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली आ, बोली है और अक्सर ये मान लिया जाता है कि चीन की जनसंख्या ज़्यादा है तो इसलिए चीन की जो भाषा बोली जा रही है वो सबसे ज़्यादा होगी बाकी अगर आप तथ्य देखें तथ्यात्मक रूप से ये पूर्णतः सत्य है कि चीन के बाहर चीनी भाषा को ना कोई सीखने वाला है और न कोई सीखने जाता है उसकी अपनी कुछ राजनीतिक वजह है कुछ भाषागत वजह विच है राजनीतिक वजह तो आप जानते हैं कि चीन जिस तरह का जो एक इेस्पॉन्सिबल और इिलायबल जो कंट्री है अविश्वसनीय और गैरजिम्मेदार जो कंट्री है जिसकी छवि बन गई है और इस्पेशली कोरोना के बाद और ज़्यादा बन गई है दूसरी जो भाषागत जो समस्या है चीनी के साथ उसमें क्या है कि चीनी में जो लिपि चिन्ह है जो लिखने की जो लिपि है लिपि के जो चिन्ह हैं वो लगभग चार या 426 के आसपास है अब आप समझो 420 और 426 को भला कौन दूसरी भाषा जानने वाला व्यक्ति क्यों सीखना चाहेगा जो सीखने वाले हैं वो सिर्फ या तो बायोलेटर रिलेशंस द्विपक्षीय जो चीन के साथ संबंध बनाना चाहते हैं उन देशों के में जो जिस चीन का जो प्रोडक्ट बिकना है उसके उसके लिए सीखता है या फिर कोई मजबूरी में सीखता है पर हिंदी के साथ एक दूसरी स्थिति है हिंदी के साथ जो स्थिति है वो पूरी दुनिया में एक सौ देशों में हिंदी बोली जाती है पूरे देश कितने दो सौ या 6 थोड़ा सा डिस्प्यूट है कोई चार मानता है कोई छः मानता है जिन 204 या 6 डिस्ट्रिक देशों में से एक में जो भाषा बोली जा सकती है वो भाषा तीसरे चौथे नंबर की भाषा कैसे हो सकती है आप उसको अगर डॉक्टर नोटियाल ने जो तथ्यात्मक जो आंकड़े जो दिए हैं अपने रिसर्च में उनको देखा जाए तो हिंदी को बोलने वालों की संख्या लगभग लगभग 10 बिलियन है 10 बिलियन और चीनी को बोलने वालों की संख्या कितनी है 6.5 बिलियन तो हिंदी उन तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है ये आपको एक नया डेटा में दे रहा हूँ नेट पे आप सर्च कर सकते हैं चाहे तो किताब आप देख सकते हैं उसमें एक एक देश में सारे देशों की सूची दी गई है कि किस देश में हिंदी को बोलने वाले जानने वाले समझने वाले लोग कितने हैं दूसरी जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बात ये है कि जब हम भारत की जब बात करते हैं तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि भारत के जो दस राज्य हैं तथ्य जो हिंदी स्पीकर स्टेट्स हैं उनमें हिंदी बोली जाती है हिंदी भाषा ही जो स्टेट है उसमें हिंदी बोली जाती है पर लोग ये भूल जाते हैं जब डेटा को जब उसमें एनालिसिस करते हैं कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में पूरे भारत में बोली जाती है एक दो प्रदेशों में उसका थोड़ा एक भावनात्मक विरोध जरूर है भावनात्मक विरोध क्यों है इसकी मैं आप कभी दूसरे व्याख्यान में चर्चा करूंगा क्योंकि वहां अगर यहां पर अगर उसको डिस्कस करेंगे तो वो थोड़ा सा अलग अलग परपेक्ष आ जाएगा तीसरी जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदी को जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो लोग कौन हैं हिंदी को पढ़ाने वाले वे लोग हैं जिन्होंने तथ्य और वैज्ञानिक रूप से हिंदी का अध्ययन नहीं किया है तथ्य और वैज्ञानिक से मेरा तात्पर्य किसी लेबोरेटरी में जाकर के हिंदी भाषा की जो धुनियाँ है उसका अध्ययन नहीं किया है अब आप मैं उनकी जो विद्वता है उसको मैं प्रश्न चिन्ह लगाने की जो मैंने उसमें पोस्ट में जो लिखी थी वो आप देखेंगे मैं कुछ एग्जांपल्स और उससे संबंधित जो डायग्राम्स हैं उसके आधार पर मैं आपको सारी चीज़ एक एक बिंदुवार पॉइंट वायर एक सिलसिलेवार आपको उसके बारे में पूरी चीज़ बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा उसके बाद आप अपना मत बनाइए कौन सही है कौन गलत है ये आपका अपना वर्जन हो सकता है और होना भी चाहिए ये लोकतांत्रिक देश है लोकतांत्रिक देश में सारी जो चीज़ें हैं वो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए निर्धारित तो होनी चाहिए आज की जो हमारी जो इस ये जो व्याख्यान है इस व्याख्यान का विषय है हिंदी भाषा और उसकी वर्ण व्यवस्था सबसे जो महत्वपूर्ण जो भाग है किसी भाषा का वो उसकी वर्ण व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था से मतलब मैं उसको अगर सही उसमें कहूँ तो मैं ध्वनि व्यवस्था से उसको आगे उसके बारे में चर्चा करूँगा उसके बारे में टर्म यूज करूँगा वर्ण के जगह पर ध्वनि का टर्म यूज करूँगा आप जब सब जानते हैं ये डायग्राम आप जब देख रहे हैं ये डायग्राम को आप देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिख जाए और इसमें आप देखिए ये जो मानव का वागयंत्र है जिसको हम अंग्रेजी में वोकल कार्ड बोलते हैं ये हमारी ध्वनियों के उच्चारण करने का एक पूरा का पूरा तंत्र है जिसके माध्यम से हाँ। हमारी नहीं पूरी दुनिया की जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं समझी जाती है वो इसी वाग यंत्र से अपने अपने परिवेश के आधार पर बोली जाती है समझी जाती है कहते हैं कंठ पे वाणी का वाणी पे भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है और उसी से बांधा भाषा की जो विशेषताएं बनती बिगड़ती रहती है मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं उलझाऊँगा मैं सिर्फ आपके सामने दो चीज़ रखना चाहता हूँ कि ये हमारा जो है इस हिस्से को हम पूरे को हम कंठ के नाम से बोलते हैं और इसमें आप अगर देखेंगे तो ये एक हरा सा एक बिंदु है ये इसको हम स्वर यंत्र बोलते हैं स्वर यंत्र के साथ दो आप देखेंगे तो दो रेखाएं हैं एक ये और एक ये इनको जब हम देखेंगे तो ये जो है एक भोजन नली है और एक ये ये इधर वाली जो है श्वास नली है जिससे आप हम सब श्वास लेते हैं और ये जो है ये भोजन नली है जिससे आप हम भोजन करते हैं और इनका जो संबंध है भोजन नली का हमारी जीवन और हमारी शारीरिक ऊर्जा से है और श्वास नली का जो संबंध है वो हमारी भाषिक ऊर्जा से है जो हमको भाषा उच्चरित करने में सहयोग करता है मैं अक्सर मेरी पहली, पहली जो क्लास होती है उसमें स्टूडेंट्स से पूछता हूँ कि आप बताइए ध्वनि कैसे बनती है मुझे आज तक किसी बच्चे ने यह ठीक से नहीं बताया कि ध्वनि बनती कैसे है ध्वनि कैसे बनती है फिर किससे बनती है ये जो दोनों जो प्रश्न है कैसे और किससे ये अपने आप में महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि अक्सर जब भी मैं क्लास में पूछता हूँ या पूछता रहा हूं और मुझे जो जवाब मिलता रहा है वो बोलते हैं ध्वनि जो है वर्ण को कहते हैं मैं पूछता हूँ बनती किससे है ऐसा कौन सा एलिमेंट है कौन सा तत्व है जिससे ध्वनि बनती है और बच्चे बताते हैं ध्वनि वर्ण से बनती है जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है तथ्यात्मक रूप से सही ये है कि हमारे फेफड़ों से जो प्राणवायु होती है ऑक्सीजन होती है जिसको हम जीवन जीवन जीने के लिए हमारा सबसे मूल आधार है वो जो प्राणवायु है वो फेफड़ों से निकलकर कर श्वास नली के माध्यम से सबसे पहले यहाँ आती है ये जो है ये इसको स्वर बोलते हैं स्वर से बाहर निकलने के बाद उसको दो रास्ते मिलते हैं एक रास्ता जो मिलता है उसको हम मुख का रास्ता बोलते हैं जिसको मुख विवर बोलते हैं भाषा विज्ञान में और ये जो है ये वाला जो हिस्सा है ये आपका बाहर आने का जो रिश्ता है ये जो है इसको हम बोलते हैं मुख विवर विवर से आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है विवर का मतलब है सामान्य भाषा में छिद्र और दूसरी का जो दूसरा जो है वो है आपका ये ये आपका नासिका वेवर इसको बोलते हैं नासिका वेवर मतलब नाक नाक और मुंह से फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राणवायु है वो बाहर निकलती है और जब वो बाहर निकलती है तो वो कोई न कोई ध्वनि बनकर के निकलती है और जब वो ध्वनि बनकर निकलती है तो उसको दो तरीकों का सामना करना पड़ता है या यूं कहें कि दम, वो जो प्राणवायु है जो सासवायु है जो ऑक्सीजन है वो ध्वनियों के उच्चारण में दो प्रक्रियाओं का संधारण करती है निर्धारण करती है पहली जो है उसको हम बोलते हैं स्वर ध्वनि और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं हम व्यंजन ध्वनि मैंने कल जो अपनी पोस्ट में जो सोशल मीडिया पर डाला था उस पर यहीं पर आकर के सबसे बड़ी समस्या है कुछ जो स्व नाम धन्य जो भाषा विज्ञान के ज्ञाता हैं नामी विशेषज्ञ हैं और वो मुझे लगता है हजारों लोगों को हो सकता है लाखों को भी पढ़ाते होंगे और पढ़ाने के बाद उनका ये मानना है कि स्वर और व्यंजन जो धुनिया होती है उनके उच्चारण स्थान होते हैं पर ये तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि स्वरों का कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है स्वरों के उच्चारण का तरीका होता है और व्यंजनों का उच्चारण स्थान होता है व्यंजनों का उच्चारण का स्थान होता है अब हम जब ध्वनियों को जो वर्गीकृत करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसको दो भागों में बांटते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोनिम की जब हम बात करते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ओफ आर्टिकुलेशन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में जो है वो व्यंजन आते हैं और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में जो है वो अधिकांश स्वर आते हैं ऐसा नहीं है कि व्यंजनों का मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन नहीं होता व्यंजनों का भी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है पर स्वरों का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन नहीं होता मतलब उच्चारण स्थान नहीं होता है जो कि मैं आगे के डायग्राम में और मैं ये जो इसमें एक मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, जो कि पूरी दुनिया में जो भाषाएँ पढ़ाई जाती है उसमें ध्वनियों को जो वर्गीकृत किया जाता है उसमें उस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से देखेंगे डायग्राम के माध्यम से कि कौन सा वागयंग का हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा है रास्ता रोक रहा है या नहीं रोक रहा इस आधार पर यह जो प्राणवायु अंदर से निकलती है इसको हम दो भागों में बांटते हैं दो भेदों में बांटते हैं एक होती है सबाद गति से उच्चरित धुनिया एक होती है अबाद गति से उच्चरित धुनिया सबाद गति से उच्चरित धुनिया जो होती है वो व्यंजन कहलाती है और अबाध गति से उच्चरित धुनिया होती है वो स्वर कहलाती है अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो डायग्राम है इसमें मैंने एक एक वाग्यंत्र के हिस्से को बारीकी से और वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश की है आपको ये डायग्राम शायद हो सकता है नेट पे कहीं नहीं मिले क्योंकि मैंने ये मेडिकल साइंस के कुछ हिस्से लेकर के इसमें मैंने हिंदी का जो प्लेसिंग है वो किया है और अगर आपको मिलेगा तो मेरी किताबें मेरे आर्टिकल्स में जो है इसका रेफरेंस आपको नेट पे भी मिल जाएगा इसको मैंने आपको बताया ये ये जो होती है ये ये स्वतंत्र होता है ये इसका जो वो हो, मुख होता है ये मुख जो हमारा जो ये कोवा होता है जिसको पे एक मांसपिंड सा होता है लटका हुआ उससे वो कभी वो इसको ढकता है कभी वो इसको ढकता है जब हम खाना खाते हैं तो वो श्वास को कवर कर लेता है और जब हम बोलते हैं तो वो भोजन नली को कवर कर लेता है ये उसका फंक्शन होता है जिसको ये हम ये यहाँ पे हमने कोवा कहा है फिर एक होता है उपली जिव्य उपली जिव्य को आप साधारण भाषा में कंठ बोलते हैं फिर होती है जिव्या जीव बोलते हैं फिर यह टसिल्स होते हैं इसका कोई भाषा के उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं होता पर भाषा के कुछ कुछ भाषाओं में इसका भी उच्चारण में एक इस, अपनी हिस्सेदारी होती है तीसरी होती है अलजिव्या फिर होता है कोमल तालू फिर होता है तालू इसको तालव्य भी बोलते हैं फिर होता है आपका नासिका विवर मसूड़े दाँत दियोस्ट निचला जबड़ा जिव्या मूल और ये सारे के सारे मिलकर के ध्वनियों के उच्चारण में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं जो कैसे निभाते हैं इसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे आगे की स्लाइड्स पे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं और वो बात ये है कि हम जब ध्वनियों के उच्चारण की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले अब तक ये माना गया है कि जो फेफड़ों से जो प्राणवायु बाहर निकलती है वो ध्वनियों के उच्चारण में सहायक बनती है ये 100 परसेंट सही है पर अब जो नए जो रिसर्च आए हैं नए रिसर्च में ये सिद्ध हुआ है कि फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु जो होती है वो मस्तिष्क के दो तीन हिस्सों से कंट्रोल होती है और वो जो कंट्रोल कंट्रोलिंग जो यूनिट है जैसे आप चुनाव में देखते हैं दो यूनिट होती है एक बैलेट यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट होती है ऐसे ही धोनियों के उच्चारण के संदर्भ में भी एक कंट्रोलिंग यूनिट होती है और एक बैलेट यूनिट के रूप में जो फेफड़े हैं वो उसकी प्राणवायु को बाहर निकालते हैं अब देखते हैं अब हम बात करते हैं भाषा और मस्तिष्क के बीच में क्या संबंध है अक्सर ये माना जाता है कि मस्तिष्क हमारी जो पूरी की पूरी जो शारीरिक संरचना है उसका मास्टर है वो अपने निर्देश देता है वो जो निर्देश देता है वो हमारी जो ज्ञानेंद्रिया जिसको हम बोलते हैं जिसमें पांच ज्ञानेंद्रियां हैं इनको मस्तिष्क जो है वो सीधे अपना आदेश देता है और बाकी की बॉडी के जो हिस्से हैं हाथ पैर जो है इनको जो है वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से अपना निर्देश देता है इसमें अब हम जब देखते हैं तो जो पहला जो हिस्सा है जिसमें मैंने यहाँ आपको कहा है कम मस्तिष्क के विभिन्न संरचनात्मक और क्रियात्मक पर चर्चा करेंगे मस्तिष्क के जो संरचनात्मक पहलू हैं संरचनात्मक जो हिस्से हैं वो आप हम सब जानते हैं क्योंकि हमने टेंथ ट्वेल्थ तक सब ने साइंस पढ़ा होता है और साइंस पढ़ने में ये जब मानते हैं कि भाई मस्तिष्क के तीन हिस्से होते हैं अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क और मस्तिष्क और इस तरह से जो उसकी जो संरचना होती है वो संरचना भाषा में कैसे काम आती है मैं आगे वाली स्लाइड में आपको उसके बारे में जिक्र करूँगा तो मस्तिष्क की जो संरचना है ये विशुद्ध रूप से जो है विज्ञान का हिस्सा है और विज्ञान ने ये सारी चीज़ें खोज के माध्यम से बता दी है कि मस्तिष्क के कौन कौन से हिस्से अब तक जो है मस्तिष्क के लगभग 64 हिस्से आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो कि हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से को कंट्रोल करते हैं पर हम जब भाषा की जब बात करते हैं तो भाषा से जुड़े हुए जो दो हिस्से हैं एक को बोलते हैं ब्रोका एरिया ब्रोका क्षेत्र दूसरे को बोलते हैं वर्णिक एरिया वर्णिक क्षेत्र ये जो दोनों जो हिस्से हैं ये भाषा से संबंधित हिस्से हैं और ये भाषा के उच्चारण में भाषा के बनने बिगड़ने में भाषा को समझने में कैसे काम करते हैं मैं आगे की स्लाइड्स में आपके बारे में चल... आपके सामने रखूंगा दूसरा हम इसमें जो इसके जो ध्वनियात्मक जो पहलू हैं एक ध्वनि कैसे बनती है वो दूसरे ध्वनि से कैसे भिन्न होती है इसके कुछ डायग्राम्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और वर्णों आप वर्ण और ध्वनि को दोनों को एक ही मानिएगा वर्ण जो है ध्वनि का लिखा लिप्यात्मक प्रतिचिन्ह है लिखने की का उसका एक प्रतीक है और इसमें जब हम बात करते हैं तो ध्वनियों के वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है इस पर हम बात करेंगे धोनियों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होता है इस पर हम बात करेंगे व्यंजन और स्वर में क्या फर्क होता है इस पर हम बात करेंगे और इस पर हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो इसी इसी को लेकर के है कि स्वरों का भी उच्चारण स्थान होता है या नहीं होता है अब आप देखिए मेन जो आपको जो मैं बात कहना चाह रहा था जो भाषा और मस्तिष्क के बीच में जो अंत है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मैंने आपको बताया कि हमारे जो मस्तिष्क है मस्तिष्क में दो हिस्से ऐसे होते हैं जो कि हमारी भाषा से जुड़े हुए होते हैं हर व्यक्ति की भाषा से जुड़े हुए होते हैं और उनमें एक जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ब्रोका एरिया जो मैंने अभी आपको पहले पिछले वाले उसमें बताया था और ये जो दूसरा वाला जो ग्रीन हिस्सा है इसको बोलते हैं वर्निक एरिया ब्रोका पहला जो क्षेत्र है उसको ब्रोका बोलते हैं दूसरे को जो है वर्निक बोलते हैं और वस्तुतः इनका कोई ऐसा कोई नाम मस्तिष्क के उसमें नहीं आया है इन क्षेत्रों को खोज करने वाले दो जो, जो वैज्ञानिक हैं विद्वान एम चिकित्सा विज्ञान के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने किया है पहले वाले हिस्से को जो है ब्रोका ने सर्च किया रिसर्च किया पता किया सबसे पहले इसलिए उनके नाम से इसको ब्रोका एरिया कहते हैं और दूसरे ने जो इसको जो सर्च किया वो वर्निक साहब ने किया इसलिए इसको वर्निक एरिया बोलते हैं इसमें कोई ऐसा कोई ज़्यादा तकनीकी पहलू नहीं है पर ये जो दोनों जो एरियाज होते हैं वो आप देख रहे होंगे ये जो लाल वाला जो हिस्सा है इससे ये दोनों जुड़े होते हैं और ये जो जोड़ने का जो काम करती है इसकी ये जो है ये यहाँ मोटर एरिया बोलते हैं ये मोटर एरिया इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करती है कि कोई ध्वनि होती है वो कैसे उत्पादित होती है उसका अर्थ कैसे समझते हैं इन दोनों के बीच में ये मोटर एरिया जो है वर्क करता है और इसको मोटर कार्टेज को जो है एक एक और जो होती है उसको उच्चारण फेसुकुलश बोलते हैं ये जो है इन दोनों हिस्सों को कंट्रोल करती है और हम भाषा को समझते हैं और समझने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई जाती है इसमें जो अगर हम क्योंकि ये आपके उसमें सिलेबस में अभी तक कहीं शामिल नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता दूं पहला जो क्षेत्र है इसको आरंभिक भाषाई क्षेत्र बोलते हैं और वर्णिक जो है इसको जो है द्वितीय या दूसरा या उसका उत्तरोत्तर जो है उसका जो भाषाई क्षेत्र बोलते हैं इसमें जब हम बात करते हैं तो भाषा और मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो भाषा और मस्तिष्क में संरचनात्मक और क्रियात्मक पहलुओं की हम चर्चा की आगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे मस्तिष्क और भाषा के सर्जन कैसे होता है ये हमने आपको बताया कि इस एरिया में जो होता है भाषा का सर्जन होता है और ये जो एरिया होता है ये भाषा को समझने का काम करता है और ये जो होता है पहला जो है वो ध्वनियों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है ये वाला हिस्सा होता है वो ध्वनियों का उत्पादन करता है और ये वाला जो हिस्सा होता है वो उनके अर्थ का निर्धारण करता है अर्थ के निर्धारण से आप जानते हैं हम भाषा के अर्थ को समझ पाते हैं और भाषा का जो अर्थ होता है वो सबके समझ में आता है इन दोनों के बीच में क्या अंत संबंध है इस पर हम चर्चा करेंगे और आगे की जो स्लाइड्स है उसमें इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ध्वनियों का निर्माण और बोलने की जो प्रक्रिया है बोलने के जो नियम है वो कैसे निर्धारित होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे आप देखेंगे ये जो मैं आपसे जो बात कर रहा था ये इन हिस्सों को आप समझ थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा ये आपके वैसे तो काम नहीं आएंगे पर भाषा के क्षेत्र में आपके काम आएंगे मैंने आपको बताया ये जो पहला जो हिस्सा है ये जो है ब्रोका एरिया है ये वर्निक एरिया है ये मैंने ब्लैक एंड वाइट चित्र इसलिए रखा है कि यहाँ आपको ये जो मोटर एरिया का जो है उसके माध्यम से आपको ठीक से समझ में आ जाए इसको अग्र कहते हैं इसको पश्चिम कहते हैं ये लेटर व्यू होता है और ये जो होता है ये दोनों इस तरह से जुड़े हुए होते हैं पहला ये दूसरा ये और इसमें आप देखेंगे तो ये जो होता है ये यहाँ ध्वनियों का जब उत, उत्पादन होता है ध्वनिया जो उत्पादित होती है तो ये एरिया जो होता है इस मोटर एरिया को संकेत करता है कि ये ध्वनी बोली गई है फिर ये इसकी जो फेसुलस जो मोटर मैंने आपको बताई वो इसको यह संकेत करता है और ये अर्थ को समझा करके फिर इसको जो ध्वनि और अर्थ का जो है सामंजस्य बनता जाता है और हम एक एक एक के के के बाद एक के बाद बाद अनंत जो है निरंतर जो वाक्यों को बोलते रहते हैं ऐसे भाषा बनती बिगड़ती रहती है पहले का जो क्षेत्र है वो श्रवण क्षेत्र के नजदीक होता है जो एरिया होता है ये दूसरे क्षेत्र अब मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था वो बात यह है कि वर्निक और ब्रोका जो क्षेत्र है उन दोनों में अंत संबंध क्या है दोनों के बीच में संबंध क्या है इन दोनों के बीच में जो संबंध की जब हम बात करते हैं तो ब्रोका की खोज जो है वो जब हुई उसके 10 साल बाद लगभग वो कार्ल वर्निक ने एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस वाले क्षेत्र की खोज की जिसको हम वर्णिक एरिया बोलते हैं वस्तु इसकी एक पीछे की कहानी है जब ब्रोका ब्रोका बेसिकली जो है वो साइकेट्रिक थे जो जिसको हम, हम डॉक्टर की भाषा में मनोवैज्ञानिक कहते हैं और आप जब जानते हैं हमारे जो गाँव में या जब किसी को भी जो पक्षाघात हो जाता है लकवा मार जाता है पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें जो है हमारे जो ब्रेन की कुछ जो पोर्शंस हैं इससे हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ब्रोका ने के पास जो पहला जो पैरालिसिस का जो मरीज आया उसके दे उसके उस क्षेत्र को रिसर्च करने के बाद ये पाया कि कौन से हिस्से में ब्लड की क्लोटिंग ज़्यादा हुई है या कौन से हिस्से में ब्लड की कोटिंग क्लोटिंग के बाद वो जो है ब्लड फैल गया है जिससे अक्सर ये होता है जब आप भी जानते हैं जब किसी को लकवा मार जाता है या जिसको पैरालिसिस हो जाता है तो वो उसकी सबसे पहले उसकी बोली जाती है भाषा जाती है वो बोल नहीं पाता है और उसको जो है वो ब्रोकर ब्रोकर ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया फिर बाद में लगभग 10 सा दस बारह साल बाद वर्निक ने वो ये पाया कि ये तो ठीक है ये ध्वनियों से उच्चरित संबंधित क्षेत्र है पर ये दो जो ध्वनियाँ हैं इनका अर्थ से कोई संबंध नहीं है जब उसका क्षेत्र डैमेज हो जाता है उसका जो ब्रोका एरिया में जो है ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है उसके बाद भी आदमी बोलता रहता है पर बोलता तो है पर उसकी जो भाषाएँ जो होती है उसकी बोलने वाली जो शब्द जो होते हैं उनका अर्थ नहीं होता है केवल ध्वनियों का उच्चारण ही होता है ऐसे में जो वर्निक साहब ने जो है उन दोनों हिस्सों को जोड़ करके और भाषा के उत्पादन और भाषा को समझने के जो दो दो क्षेत्र थे उसके बारे में बात की और इसके बाद में जो खोज की तो उन्होंने ये पाया कि जो बाया जो हिस्सा है मस्तिष्क के बाया ओर का जो हिस्सा है वो भाषा के अर्थ से संबंधित है और वर्णिक ने ये जो ये भी कहा कि जो लौकिक लोभ है वो आंशिक रूप से पार्श्विक लोभ में स्थित होता है ये दोनों इसमें जो होते वो लगभग यहाँ जुड़े होते हैं और ये बोले गए शब्दों को अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं मेन जो मुख्य जो बात जी वर्णिक ने जो बात बताई कि ध्वनियों का जो अर्थ जो होता है उसको समझने के लिए वर्णिक क्षेत्र के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है और उसी से उसको समझा जा सकता है ऐसे ये अर्थ को बनाने और इसकी इकाइयों से जुड़े हुए जो है जैसे आप, आप कोई भी शब्द लिखते हैं जैसे आप लिखेंगे कलम तो आप सब समझ जाएंगे कलम का मतलब लिखने की कोई एक चीज़ है जिसे लिखा जाता है पर अगर आप मान लीजिए इसको लमक बोल देंगे तो इसका हिंदी के उसमें कोई वो नहीं है तो वर्निक ने ये कहा कि ये लमक बोलने का मतलब है आप भाषा का उत्पादन ध्वनियों के उत्पादन तो कर रहे हो पर उस सिक्वेंस में नहीं कर रहे हो जो अर्थ की डिमांड करता है इस तरह से ये वर्निक और ब्रोका जो एरिया है वो आपस में दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं ये आपने इसको देखा अब हम बात करेंगे मुख्य बिंदु पर आएंगे जिसमें हम हिंदी की जो वर्ण व्यवस्था है उसका जिक्र करना चाह रहे हैं और जिसपे कई सारे लोगों को आपत्तियाँ भी हैं और उन आपत्तियों का मैं एक एक करके आपके सामने अपने तर्क रखने की कोशिश करूँगा आप जो आप समझना चाहते हैं जो आप अपने मन में लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं हम बात करेंगे सबसे पहले भाषा के ध्वनियों के बारे में और हम जब ध्वनियों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न है जो मैंने आपको व्याख्यान के शुरू में बताया मैं अक्सर किसी क्लास में जाता हूं तो ये पूछता हूं कि ध्वनि किसे कहते हैं तो अक्सर जवाब आता है वर्ण को ध्वनि कहते हैं जो कि एक गलत है फिर हम मैं, मैं दूसरा मेरा एक सवाल होता है ध्वनि किससे बनती है इसका मुझे आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया बस वो ये कह के हो जाते हैं कि ए आई का खा गागा गा जो होते वो जो है ध्वनिया होती है पर ध्वनिया कैसे बनती है मैंने आपको आरंभ में बताया ध्वनि जो है वो प्राणवायु के बाहर निकलने से बनती है और जैसे रोटी बनाने के लिए बेसिक यूनिट आटा होता है वैसे ही ध्वनियों के उच्चारण के लिए बेसिक यूनिट होती है वो प्राणवायु होती है फिर हमने बात करते हैं अक्सर तो पूछते हैं कि भई ध्वनिया कितने प्रकार की होती है तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि ध्वनिया दो प्रकार की होती है एक स्वर होती है एक व्यंजन होती है और इन दोनों के अर्थ अपने उच्चारण की प्रक्रिया होती है जो मैंने पहले भी जिक्र किया और आगे भी इसको मैं जिक्र करूँ फिर दुनियों का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया जा सकता है तो मैंने आपको दो दो मोटे रूप में बताया एक सबाद होता है बिना एक आबाद होता है एक ये है जो है आबाद का मतलब बिना बाद आके और सबाध मीन्स बाधा सहित अवरोध सहित जो इन दोनों दुनियों में जो अलग अलग होती है वो जो सबाध होती है जो बाधा शहीद होती है उसमें व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण होता है जो अबाध होती है जिसमें व्यंजनों में ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु को कहीं पे कोई अवरोध का रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता वो जो स्वर ध्वनिया होती है फिर हम बात करते हैं कि ध्वनियों के, के उच्चारण में प्रयुक्त अवयव कौन से हैं तो मैंने आपको सारे एक एक करके बताया कि ये स्वर यंत्र है दूसरा स्वरयंत्र मुख तीसरा को चौथा कंठ वाली जिव्या पाँचवा जिव्या छठा ये सातवा कोवल तालब आठवा तालाब नवा नासिका विवर दसवा मसूड़े ग्यारहवा दांत, बारवा होस्ट और फिर ये तेरहवा निचला जबड़ा और ये जिव्यामूल ये ऐसे करके से हम ध्वनियों के उच्चारण उच्चारण करते हैं और जिनकी अपन इनकी अलग अलग भूमिका है अलग अलग भूमिका कैसी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा और फिर अंतिम जो प्रश्न है इसमें हम जब समझ जिसकी कोशिश करेंगे जानने की वो ध्वनियों के उच्चारण के आयाम कौन कौन से होते हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्वर यंत्र जो होता है स्वर यंत्र में जो है स्वर तंत्रियाँ होती है इनको बोलते हैं स्वरतंत्रियां स्वरतंत्रियां जो होती है उनकी वैसे तो कई सारी स्थिति मिलती है पर भाषा के क्षेत्र में हिंदी के क्षेत्र में विशेष रूप से जो है वो पांच स्थितियां मिलती छह स्थितियां मिलती है पहली में देखिए ये जो मे, मेरा कहने का मतलब ये जो सफेद जो वाला जो हिस्सा है इससे है जो ये इसको अपेक्षाकृत नजदीकी स्थिति होती है ये इसमें थोड़ी ज़्यादा खुली होती है फिर ये इसमें ज़्यादा खुल जाती है और ये जो है ये इसमें पूरी खुल जाती है ये जो है बिल्कुल दूर दूर हो जाती है और एक स्थिति ये होती है जो कि बिल्कुल ही सेपरेट हो जाती है और ये जो सारी की सारी जो स्थितियाँ होती है वो धोनियों के उच्चारण में जब हम सगोश अगोश अल्प महाप्राण धोनियों के उच्चारण की जब बात करते हैं तो वो सारी की सारी जो प्रक्रिया होती है वो यहीं से संधारित होती है यहीं से निर्धारित होती है यहीं बनती बिगड़ती है इसके तथ्य में एक और बात जो ध्यान देने की है अक्सर महिलाओं का जो स्वतंत्रियाँ हैं या पुरुषों की जो स्वतंत्रियाँ हैं उससे अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और जब चीज़ें सॉफ्ट होती हैं तो आप भी जानते हैं कि जो उसमें ज़्यादा कंपन होता है और कंपन होता है तो इसलिए जो महिलाओं की जो आवाज़ होती है उसमें हार्मोन की वजह से स्वर तंत्र या सॉफ्ट होने की वजह से उनकी आवाज़ ज़्यादा सुरीली और ज़्यादा सॉफ्ट होती है मनुष्य आदमी की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी कर्कश और थोड़ी कठोर होती है दूसरा मैंने आपको बताया कि दो उसके जो मार्ग होते हैं एक मार्ग को जिसको हमने मैंने बताया वो नासिका विवर के माध्यम से निकलता है ये नासिका विवर है ये इसको हम मौखिक सॉरी ये ये ये वाला नासिक है ये मौखिक है मौखिक में जो है प्राणवायु जो है वो सीधे मुंह से बाहर निकल जाती है और इसमें जो है ये वाला हिस्सा निकल करके कभी दोनों से निकलती है कभी एक से निकलती है ऐसे दोनों से निकलती है तो उसकी जो स्थितियाँ दो तरह की होती है एकमा अनुस्वार दुनिया निकलती है एकमा अनुनासिक धुनिया निकलती है वो आगे की उसमें हम बताएंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था जीभ जीभ के जो होते हैं पांच हिस्से होते हैं जिव्या मूल होता है दिव्यापश होता है ये मैंने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये कौन कौन सी जगह होता है फिर ये दिव्याग्र होता है ये जिव्या फलक होता है जो जीव के बिल्कुल उसका होता है और ये टिपो दंग होता है जिसको हम नोक बोलते हैं ये सारे की सारे जो ध्वनियाँ होती है वो जीभ के आधार पर जीव की ऊंचाई के आधार पर जो स्वरों का जो उच्चारण है उसमें हम काम करते हैं आकाम आएंगी उसमें हम बताएंगे अब आपको जो एक और जो महत्वपूर्ण जो मैं बात बताना चाह रहा था जिसकी वजह से ये लेक्चर के रूप में आपके सामने में आया हूँ मैंने आपसे कहा कि देखिए व्यंजन और स्वर ध्वनियों में उच्चारण की प्रक्रिया से संबंधित अंतर होता है उच्चारण से संबंधित अंतर क्या होता है देखिए ये जो होता है ये इसको हम स्वर त्रिकोण बोलते हैं ये हमारे जबड़े में ये नीचे वाला जबड़ा है और ये ऊपर वाला जो है जबड़ा है इसके बीच में एक ऐसी स्थिति होती है जिसको ऐसा त्रिकोणात्मक एक आकृति बनती है जिसको हम स्वर त्रिकोण बोलते हैं और इसकी ये जो डायग्राम्स जो दिए हुए हैं इन डायग्राम्स के आधार पर ध्वनियों का स्वर ध्वनियों का उच्चारण होता है और उसका निर्धारण भी होता है कैसे निर्धारण होता है जैसे ये इसकी तीन स्थितियां होती है पहली होती है अग्र दूसरी होती है मध्य तीसरी होती है पश्च इसमें फिर नीचे की अगर बात करें तो इसमें पहली होती है समृत दूसरी होती है अर्धसम्रत तीसरी होती है अर्धविव्रत और चौथी होती है विवृत अर्धसमृत और अर्धविव्रत और विव्रत और समृत को समझने के लिए सिंपल सी बात है समृद्ध का मतलब सकरा होता है कम कम पा उसमें जगह होती है विवृत का मतलब चौड़ा होता है इन दोनों के बीच की दो स्थितियाँ बनती है, एक अर्ध स्वर होता है अर्धविव्रत होता है एक अर्धसमृत होता है से एक थोड़ा कम खुला होता है थोड़ा ज़्यादा सकरा होता है ये जो ध्वनियों हिंदी की जो स्वर ध्वनियाँ हैं उनके उच्चारण की जो बात करते हैं तो लगभग लगभग ये ये स्थितियाँ बनती है जिसको मैं आगे आपको बताऊँगा कि ये जो यहाँ से जो होती है ये माँ उसका जो पाथ जो होता है हवा वो सकरा होता है सकरा करने के बाद ये जो है अर्ध समृद्ध थोड़ा कम होता है समृद्ध में ये जो यू बनता है ये ज़्यादा समृद्ध होता है फिर इसमें थोड़ा तो से ज़्यादा कम होता है ये ऐसे करके सारे की जो हिंदी की पूरी जो 12 स्वर ध्वनियाँ हैं उसका जो है इसमें यहाँ वर्गीकरण दिया हुआ है अक्सर तो ये माना जाता है हिंदी में जो है वो ग्यारह स्वरी होते हैं पर यह अंग्रेजी का जो ओ है जिसको आगत ओ मान लिया है हमने इसके आधार पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये ग्यारह दुनिया होती है ये हम जो बात कहना चाह रहे थे जो आपको आगे समझाने की कोशिश करेंगे वो बात ये है कि जब हम बात करते हैं स्वरों के उच्चारण की तो ये अलग अलग स्वरों के उच्चारण की प्रक्रियाएं बनती है इसको आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे जो मैं, मैं, वो वीडियो वो मैं आपको तकनीकी रूप से दिखा नहीं पा रहा हूँ वो आपको हम इसके जो एडिटेड वर्जन है उसमें वोकल थ्रैट सो अवर थे backness and roundedness. Let's talk about each of these in turn. Height refers to how high or low the tongue is in the mouth when producing the vowel. For example, consider the vowel sounds e and a. Ah. If you say both of these vowels in succession, you should feel your tongue going up and down as you say e, a, ah, e, a, ah, e, a. Ah. in terms of height vowels are either considered जैसे आप ए ए के उच्चारण की जब बात करेंगे तो ए के उच्चारण में यह जो हमारा जो जो जबड़ा है यह इसकी सकरा कर देता है और सकरे करने की जो स्थिति होती है यहां होती है ए में थोड़ी ऊपर होती है ए में थोड़ी होठ से ऊपर होती है और ई में, में थोड़ी और भी ऊपर होती है तो यह जो उसके जो सकरेपन की जो बात है या चौड़ेपन की जो बात है उसके आधार पर स्वरों का उच्चारण होता है ऐसे ओ ओ आ इनके चार जगह की चारों कलश में हमने डिफाइन किया हुआ है फिर ये शायद ही डायग्राम डबल आ गया है इसमें ऐसे ही ये जो है इनकी स्थितियां हैं कहने का मतलब ये है कि सुरों का जो है उच्चारण स्थान नहीं होता है उच्चारण प्रक्रिया के माध्यम से सुरों का उच्चारण होता है अब आप व्यंजनों को समझेंगे व्यंजनों में ज़्यादा आपको क्योंकि आपको अक्सर ये पढ़ाया जाता है आपको केवल डायग्राम मैंने इसलिए दिखाया है कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से व्यंजन में कौन सा जो वाग्य यंग है वो छूता है आप देखेंगे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो धुनिया ये जो स्थान है वो अगर हम इससे नीचे से यहाँ से कंठ से इससे चलें ओठ से चलें चले, तो ये ओठ जो है ये दोनों ओठ इस तरह से छूने के बाद पेयवर का चारण होता है फिर ये यहाँ पे इसका जो है वो सकरापन आता है फिर ये ऐसे ये आप देखेंगे तो ये वर््छ में जो होता है एल्विलर जो दुनिया होती है उसमें जो है ये आपका मसूड़े जो होता है यहाँ पे छूते हैं ये जो वर्क्ष होते हैं ये आपके दांत होते हैं ये आपके जो है ओस्ट होते हैं ओस्ट में आपका ऊपर का ओट है और ये नीचे के ओट का टिप ऑफ द ओट ये आपका छूता है पोस्ट में कई धुनियों को दोस्त जो जो धुनिया बोलते हैं उनमें दोनों ओट बराबर लगभग प्रेस होते हैं जैसे हम बोलते हैं तो बय की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा प्रेशर प्रेशर आता ऐसे ही जो अंत जो धुनिया है या ताला हुए है और ये जो है ये सारे के सारे इसके प्लेस आर्टिकुलेशन है इन स्थानों से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता है बल्कि इन स्थानों की सहायता से स्वरों के उच्चारण के मार्ग को सकरा और चौड़ा कम या ज़्यादा किया जाता है पर टच टच नहीं होता है देखिए कोई भी प्लेस कब बनता है जैसे सपोज मान लीजिए आप दिल्ली से चले बंबई जाएंगे बीच में आपको कोटा आएगा अगर मान लीजिए आप राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हैं तो वो जो अगर मान लो राजधानी एक्सप्रेस में कोटा में अगर उसका स्टॉपेज नहीं है तो उसका जो है वो स्थान नहीं बनेगा ये गोथ्रू हो जाएगा गो गोथ्रू की जो प्रक्रिया है उसमें स्थान नहीं बनता है और यही स्वरों के उच्चारण में होता है जब प्राणवायु निकलती है तो वो बाहर आ जाती है और वो कहीं पे भी किसी अंग को छूती नहीं है मार को सकराचोरा जरूर करती है जब हम बात करते हैं तो मैं हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हम विसर् का उच्चारण यहाँ से होता है जिसको आप कंठे अलजिबे बोलते हैं फिर ये है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है फिर यह कैवर्ग जो आपको अरबी फारसी का का होता है उसमें होता है फिर इसको अगर हम बात करेंगे तो ये हिंदी का विशुद्ध का है फिर कावर्ग है ये जो है चावर्ग है ये टावर्ग है ये तावर्ग है और ये पावर्ग है ये पाँचों वर्गों के सांकेतिक रूप से जो है वो जबड़े में इस तरह की जो पोजिशनिंग होती है आप जब उच्चारण करते हैं तो हम क्या होता है उच्चारण जब व्यंजनों का करते हैं तो कंठ जो धुनिया होती है उसमें ऐसे यहाँ आकर के ब्लॉक होता है ये ब्लॉक होता है यही प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बनाता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन अलग होता है अगर मूर्धन धुनिया है तो ये मुरदा को जाकर के यहाँ पर वो वो करती है तो ये यहाँ पर आपका शकरा कर देगी ऐसे दंत धुनिया है तो दांतों के पास आ के आपका प्लेस उसको छुएगी उसको रोक देगी ऐसे ही अन्य धुनियाँ हैं वो भी आप जब देखेंगे तो सारी की सारी जो धुनियाँ हैं इसमें इसी तरह के डायग्राम्स के माध्यम से आपको बताया गया है कि होस्ट में जो है बिल्कुल देखिए ये सकरा हो गया मतलब छू गया और यहाँ से इन्होंने यहाँ से जो वायु निकलने वाली है इसको यहाँ बिल्कुल ब्लॉक कर दिया ब्लॉक करने के बाद छोड़ें फिर ऐसे ही ये तालव धुनिया है ये तालाब को यहाँ इन्होंने कमज़ोर कर दिया ये नासिक है मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वर्थस है वर्थ्स को आपने यहाँ पे वो कर दिया जो दो ध्वनियाँ हैं ये जो ड के नीचे बिंदी वाला जो होता है उसकी स्थिति के उच्चारण की ये होती है और ये जो लय है लय में भी आप अगर इस तरह राजस्थानी को आप जब जानते हैं लय बोलते हैं तो लय ध्वनी का उच्चारण भी जो है वो यहीं से होता है इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है एक और बात जो मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वो आप इधर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा देखिए राजस्थान के जो बच्चे हैं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हरियाणा और राजस्थान के बच्चों के साथ लगभग यही स्थिति होती थी और वो जो सह जो हमारे तीन सह हिंदी में होते हैं शरीर वाला शाह शंकर वाला शाह सटकोण वाला शाह इन तीनों शाहों के उच्चारण के बदले क्योंकि राजस्थानी में केवल यही सह होता है इसलिए उनके उच्चारण हमेशा बाधित होता है और उच्चारण में वो जो तालव्य और जो वत्स्य का जो शह है उसको वो बोल नहीं पाते हैं बल्कि वो ये संसार वाले शहर कोई बोल पाते हैं जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आप जा, जानते हैं कि कंठ पे भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है और भौगोलिक क्षेत्र का उसके भाषा के ऊपर प्रभाव पड़ता है वही ये इसकी जो वजह है ये मैं आपके सामने जो है वो स्वरों और व्यंजनों का जो उच्चारण है उसको मैंने डायग्राम्स के माध्यम से और जो जो उनकी वास्तविक स्थिति है उसके आधार पर मैंने आपके सामने विश्लेषित किया इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स लिखिएगा अगर कोई भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे गलत बताइएगा जो पढ़ा रहे हैं गलत तो उनको भी वो कीजिए कीजिएगा बाकी का मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से भी जो ध्वनियों के उच्चारण में बाकायदा आपको उसका जो मूवमेंट जो वाग्यंग में मिलेगा उसके आधार पर ध्वनियों का जो उच्चारण की जो प्रक्रिया है वो निर्धारित होती है और आप सब ने इस व्याख्यान को सुना उसके लिए मैं आपका आभारी हूं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आगे की क्लास में ये जो जितने भी जो डायग्राम्स हैं इनको एक एक करके एक एक ध्वनि को एक एक वर्ग को सुरों को व्यंजनों को सुरों की सारी ग्यारह ध्वनियों को व्यंजनों की सारी ध्वनियों को एक एक करके एक एक करके उनका उच्चारण और उनका के बारे में उनकी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे इसके बारे में अगर आप अभी में जल्दी में कुछ समझना पढ़ना चाहते हैं तो मेरी अभी जो किताब जो हिंदी अकादमी से पब्लिश हुई है राजस्थान के बारे में उसमें मैंने ये चैप्टर पूरी तफ्ती से उसमें दिया है पूरे विस्तार से दिया है आप उसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और बाकी एक, एक, एक और ग्रामर की जो किताब आ रही है उसमें भी इसका पूरा विस्तृत रूप से विवरण है थैंक यू